अगर हम भारत का प्राचीन इतिहास देखें तो दुनिया के दूसरे देशों और सभ्यताओं के मुकाबले के रहस्यों को पूरा खोल कर रख दिया था फिर भी क्यों आर्यभट्ट द्वारा की गई उन खोजों पर कॉपर निकस नाम के विदेशी वैज्ञानिक का ठप्पा लगा दिया गया क्यों भारत में किए गए आविष्कार भारत के नाम से नहीं दर्ज हो पाते क्या वाकई में आर्भ ने ही चाहे वो स्पेस साइंस हो या अदर टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग फील्ड भारत में एक से बढ़कर एक आविष्कार करने वालों की ना कभी कोई कमी थी ना ही अब बस उस वक्त कमी थी तो इस बात की कि भारतीयों ने कभी इन उपलब्धियों को दुनिया के सामने हाईलाइट करना नहीं सीखा जिस वजह से यहाँ किए गए इन्वेंशन और खोजे यही कर रह जाती थी। या तो विदेशियों द्वारा उससे रिलेटेड फॉर्मूले चुरा लिए जाते थे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी अपने एक्सेस पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है जिस कारण दिन और रात होते हैं इसके बाद हमारे जहन में ये सवाल भी उठता है कि इस प्रकार की खोज आखिर सबसे पहले किसने की थी तो हमें इसका जवाब मिलता है कि इसकी खोज साइंटिस्ट निकोलस ने की थी और इसी के साथ इसका पूरा श्रेय निकस को दिया जाता रहा है। लेकिन यहाँ पर की बात ये है की कॉपर निकस और गेलेनियों का जब जन्म भी नहीं हुआ था उसके हजारों साल पहले ही आर्य ने यह खोज कर डाली थी पृथ्वी गोल है और अपनी धूरी यानी एक्सिस पर घूमती है और इसी वजह से ही दिन और रात होते हैं उन्होंने अर्थ का डायमीटर 1050 योजन बताया जो लगभग 12500 किलोमीटर है और सूर्य से विभिन्न ग्रहों की दूरी का जो अनुमान आर्यभट्ट ने हजारों सालों पहले बताया था वो वर्तमान में बताई गई दूरी के बिल्कुल करीब है खगोल विज्ञान के बारे में सबसे पहली बार ये सभी बातें उस जमाने में पता चली जब साइंस और मानव इतना डेवलप नहीं था जब लोग सिर्फ धरती से नीले आसमान को केवल देखा करते थे अंतरिक्ष में पहुंचना तो एक कल्पना की बात थी सबसे हैरानी की बात तो यह है कि बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के आर्यभट्ट ने लगभग डेढ़ हजार साल पहले ही ज्योतिष शास्त्र की खोज कर ली थी जब निकोलस कॉपरिकस जिन्हें पूरी दुनिया एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन के नाम से जानती है उनके बारे में एक घटना प्रसिद्ध है 1502 में जब कॉपरनिकस ब्रह्मांड विषय पर एक यूनिवर्सिटी जहां पर वो पढ़ाते थे पृथ्वी के, के चारों और सर्क्यूलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं इसके अलावा पृथ्वी से बहुत दूर स्थित तारे ब्रह्मांड में जड़ी हुई अवस्था में मौजूद है दरअसल ये बात तब की है जब बाकी सभी तरह की कॉपर भी आरस्थु और टोलमी के इस अर्थ सेंट्रल मॉडल पर को, को चुनौती देने का साहस कॉपर निकल सहित किसी में भी नहीं था लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरे तरह इस मॉडल से संतुष्ट नहीं थे उन्हें अक्सर लगता था की कहीं ना कहीं उनकी ये धारणा गलत है कॉपरनिकस घंटों नंगी आंखों से अंतरिक्ष को निहारते रहते थे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए सही निष्कर्ष प्राप्त करने की कोशिश करते थे लेकिन सच्चाई का पता उन्हें नहीं चल पा रहा था कि आखिर ब्रह्मांड के केंद्र में है क्या उन्होंने अपनी टीचिंग जॉब छोड़ दी और वो एक पादरी बन गए वो अपना अधिकांश समय एस्ट्रोनोमिकल स्टडीज और ओवर में गुजार देते थे उन्होंने देश विदेश समेत कई ग्रंथों का अध्ययन किया लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा इसके बाद कॉपरिकस ने भारतीय ग्रंथों की डीप स्टडी की कहा जाता है कि उन्होंने आर्यभट्ट के अनेक ग्रंथों सहित आर्यट्ट का भी गहन अध्ययन किया और इसके बाद उन्होंने एक न्यू सिंपल मॉडल पर विचार करना शुरू किया जो सूर्य केंद्रित मॉडल सन सेंटर्ड मॉडल पर आधारित था तब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सूर्य केंद्र में है और बाकी ग्रह पृथ्वी समेत सूर्य का चक्कर लगाते हैं लेकिन सच जानने के बाद भी जिस प्रकार कॉमर्निक्स यूरोप में फैली धर्मांतता के कारण इस कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने रखने में हिचकिचा रहे थे ठीक वैसे ही हजारों साल पहले की गई आर्यभ्ट की खोज भी प्राचीन परंपराओं और पुराणों के विरुद्ध थी क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि ग्रहण पड़ने का कारण राहु और केतु नामक दो राक्षस हैं इसीलिए तब आर्यभ को भी कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा शायद इसीलिए उस वक्त उनके द्वारा की गई एस्ट्रोनोमिकल कैलकुलेश्स को सुरक्षित रखने की कोशिश भी नहीं की गई होगी इसीलिए आर्यभट्ट द्वारा लिखे गए कई सारे अनमोल ग्रंथ आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है ठीक इसी तरह द्वारा की गई इस खोज के 1000 साल बाद निकोलस भी जब इस सिद्धांत पर पहुंचे तब वो सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में बताकर चर्च और धर्म अधिकारियों से सीधी टक्कर नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धांत को उस समय तब पब्लिक किया जब वो मृत्युशैया पर थे क्योंकि उन्हें दिनों यूरोप में एक और एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जोदार्न ब्रूनो वो तो कॉपर से भी एक कदम आगे थे ब्रूनो बड़े बोल्ड एंड रेवोलूशनरी नहीं सूर्य भी अपने पर है। सूर्य एक है और ब्रह्मांड में अनगिनित तारे है आकाश अनंत है और हमारे सौर मंडल की तरह अनेकों और भी सौर मंडल इस ब्रह्मांड में मौजूद है ऐसे विचारों के कारण ब्रूनो को काफी विरोध का सामना करना पड़ा उन्हें आठ सालों तक जेल में रहकर कठोर यातनाएं सहनी पड़ी फिर भी ब्रूनो ने अपने विचारों के साथ कोई समझौता नहीं किया इसीलिए धार्मिक कट्टर पंथियों ने ब्रूनो को एक खूटी से बांध कर जिंदा जला दिया बात साफ थी कि उस वक्त धर्म के आगे सच्चाई दम तोड़ देती थी कुछ ऐसे ही परिस्थिति का सामना गैलीलियो ने भी किया खैर हम यहाँ बात कर रहे हैं आर्यभट्ट के बारे में आर्यभट्ट को आर्यभ प्रथम भी कहा जाता है आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में अपना जन्म स्थान कुसुमपुर और शक यानी 476 लिखा। लेकिन फिर भी उनके वास्तविक जन्म स्थान को लेकर विवाद है कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग आर्यभट्ट का जन्म महाराष्ट्र के अशमक प्रदेश में हुआ था इसके बाद अशमक सि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कुसुमपुर आए थे आर्यभट्ट के जन्म से जुड़ी जानकारी उनके ग्रंथ आर्यभट्टियम से मिलती है। इसी ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि कलयुग उनका झुकाव बचपन से ही आविष्कारों और खोजों के प्रति था विद्वान एस पिल्लई के अनुसार आर्यभ्ट विवाहित थे और उनका देवराज नामक एक पुत्र भी था जो खुद भी एक प्रसिद्ध एस्ट्रोल था आर्य प्राचीन समय के सबसे महान खगोल शास्त्री और गणित प्रेरणा ने लिखा उन्होंने सबसे पहले साइन के कोष्टक दिए मैथ के जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए उन्होंने ही इक्वेशन का आविष्कार किया जो पूरी दुनिया में प्रख्यात हुआ उन्होंने सबसे पहले की कीमत निश्चित की इनके द्वारा दिया गया गणित ज्योतिष कारक सिद्धांत बहुत प्रचलित है आज भी हिंदू पंचांग तैयार करने में इस ग्रंथ की मदद ली जाती है। इसके अलावा उन्होंने तीन प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथों की रचना की थी नंबर एक आर्यभट्टियम, नंबर टू आर्यभट्ट सिद्धांत नंबर थ्री सूर्य प्रकाश सिद्धांत सबसे पहले बात करते हैं हम आर्यभ की ये भारत का सर्वाधिक प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ है इसमें मैथ फॉर्मूलास को को इंक्लूड किया गया है। आर्यभट्ट ने इस ग्रंथ तब लिखा जब वो मात्र साल के थे ये एक ऐसी मैथमेटिक्स बुक है, जिसे कविता के रूप में लिखा गया है इस किताब में दी गई जानकारी ज्यादातर खगोल शास्त्र और गोली त्रिकोण मतीट्री से रिलेटेड है आर्यभट्ट ने अंक गणित और त्रिकोण के तैतीस नियम दिए आर्यभट्ट के इन सिद्धांतों का सातवी सदी में बहुत उपयोग होता था लेकिन अफसोस अब उनके कई उपयोगी ग्रंथ खो चुके हैं ये खो कैसे गए इसके किसी के पास कोई जानकारी नहीं कोलपाद में आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये सिद्ध किया कि आर्यभ्ट की गणना के अनुसार पृथ्वी की बताई गई परिधि और वास्तविक परिधि मान से केवल दो ही कम है अब सवाल ये उठता है की शून्य यानी जीरो की खोज किसने की जीरो का इन्वेंशन किसने किया ये आज तक किसी को नहीं पता लेकिन इंडियन मैथमेटिशियन मानते हैं कि जीरो का आविष्कार पांचवी शताब्दी में आर्यभट्ट ने किया था चलो मान लिया कि शून्य का आविष्कार पांचवी सदी में आर्यभट्ट ने किया तो फिर हजारों वर्ष पहले रावण के दस सिर बिना शून्य के कैसे गिने गए बिना जीरो के कैसे पता चला की कौरव सो थे इस तरह की जीरो से रिलेटेड और भी कुछ अलग अलग बातें हैं लेकिन ये भी सच है की तब जीरो का कोई सिंबल नहीं हुआ करता था कई लोग आर्यभ्ट को ही शून्य का जनक मानते हैं लेकिन कोई सिद्धांत न देने के कारण उन्हें शून्य का मेन इन्वेंटर नहीं माना जाता वैसे भारत के ब्रह्मगुप्त ने शून्योलॉजर आर्यभट्ट ने शून्य का इस्तेमाल किया था आर्यभट्ट गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में थे इन्होंने प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी से शिक्षा प्राप्त की और इनके शिष्य विश्व प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर थे। राजा बुद्ध गुप्त के हुआ था इसीलिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि के लिए बहुत प्रयास किया इस महान और सबसे पुराने विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में कुमार गुप्त द्वारा की गई अब बात करते हैं आर्यभ्ट द्वारा की गई खोजों के बारे में आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि अर्थ का एक रोटेशन 23 घंटे मिनट और 4 सेकंड का होता है। उन्होंने ही पूरे विश्व को बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है आर्यभट्ट ने सबसे पहले नव ग्रह की स्थिति का पता लगाया और बताया कि सभी नवग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं सूर्य और चंद्र ग्रहण कैसे होता है इस बात की जानकारी भी आर्यभट्ट ने ही दी पूरे विश्व को तब ये नहीं पता था कि एक वर्ष में कितने दिन एक वर्ष में आर्यभट्ट ने ही बताया कि नेताट नहीं बल्कि गोलाकार है आर्यभ एक ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने डेसिमल नंबर सिस्टम का निर्माण किया उन्होंने बिहार के तरेगाना क्षेत्र में एक सूर्य मंदिर में निरीक्षण शाला की स्थापना की आज पूरे विश्व में पढ़ाया जाने वाला चिग्नोमैट्रिक की खोज आर्यभट्ट ने ही की आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ गणिता में अरिथमेटिक एल्जिब्रा और लाइन मैथ से लोगों को परिचित कराया आर्यभट्ट ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के विषय में भी बताया था इससे पता चलता है कि वो न्यूटन से काफी पहले से ही लॉ ऑफ ग्रेविटी से परिचित थे डी ई स्म जैसे मैथमेटिसियन के अनुसार आर्यभट्ट की मृत्यु चौहत्तर वर्ष की आयु में पांच सौ में हुई थी आर्यभट्ट के दिए गए सभी सिद्धांत हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है इसीलिए भारत इसरो द्वारा पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फियर वायुमंडल में कुछ बैक्टीरिया की खोज की गई जिसमें से एक प्रजाति का नाम बेसिलस आर्यभट्ट रखा गया भारत के नैनीताल में एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट का नाम आर्यभ्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान रखा गया है विश्व प्रसिद्ध मशहूर गणितज्ञ का सम्मान देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी किया गया है इसीलिए वर्ष में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के द्वारा आर्यभ्ट की 1500वीं जयंती का आयोजन किया गया था आर्यभट्ट की खोज प्राचीन परम्परा और पुराणों के विरुद्ध थी लेकिन वराह ब्रह्मगुप्त ने भी इसकी कटु आलोचना की लेकिन आर्यभट्ट अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे हजारों साल बाद सोलह के दशक गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप का आविष्कार किया तो आर्यभट्ट के निकाले गए सभी निष्कर्ष बिल्कुल सही साबित हुए अगर आर्यभट्ट ने यह महत्वपूर्ण खोजें नहीं की होती तो आज पूरे विश्व का विज्ञान बहुत पीछे होता आज पूरे संसार में इस भारतीय प्राचीन वैज्ञानिक का बोलबाला है क्योंकि इसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है अगर भारत के इस महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने ये सभी महत्वपूर्ण खोजें नहीं की होती तो आज पूरी दुनिया ना तो इतनी विकसित होती और ना ही हम मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल कर पाते दुनिया ने भी इस बात को वास्तव में स्वीकारा है अभी भी विज्ञान के क्षेत्र में भारत कई ऐसे विकसित देशों से बहुत आगे है लेकिन दुख की बात यह है की हमें हमारी बहुत सी उपलब्धियों का क्रेडिट अब तक नहीं मिल पाया है